नमस्कार मैं आशीष कुमार अभी के संदर्भ में जब गंगा किनारे 2000 हज़ार मिलने की खबर सरकार दबाने की कोशिश कर रही है ऐसी व्यवस्था में इंसान के जीवन की क्या कीमत है इसी के साथ प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष साथी प्रवाद की कविता लावार नदियों में तालाबों में जली झोपड़ियों के राखों में बड़े बड़े इमारतों के मलबों से सरकारी फाइलों के कलमों से ठाकुर सामंतों के घने बागान से झूठी प्रतिष्ठा और स्वाभिमान से अक्सर निकल आते हैं कुछ सब जिनका कोई बारिश नहीं होता ज़रा सोच कर देखो कौन होते हैं ये लोग रुक जाती हैं इनकी सफ़र उस पुल के नीचे आकर जिसका सरिया उसने खुद लगाया था खामोश हो जाती हैं सांसें उस इमारत के मलबे के नीचे जिसकी पहली ईंट उसने खुद चढ़ाया था क्यों झूठे स्वाभिमान में घोटे गए गले और बराबरी के लिए उठे हाथों को सरकारी दफ्तरों के टाइपराइटर से लावार बनाया जाता है अगर एक पल के लिए भी तुम संवेदना से भर जाओ भले अगले ही पल तुम सब कुछ भूल जाओ जैसे भूलते आए हो आज तक उस पल भर में ही खुद से सवाल करना कि कौन थे ये लोग और क्यों बनकर रह गए ये सिर्फ़ लावारिस लाभारास हैं धन्यवाद